आज की ताजा खबर महंगाई इतनी मची आर, और मंदिर से चप्पल चोर पति जैसे छोरा बिहार पत्नी परोसी फरार अरे पत्नी से याद आया अंकल आंटी तो ठीक है ना नहीं, उसने तुमसे आखिरी मुलाकात की इच्छा की है जी क्या हो अभी तो हमसे वो मेरा मतलब है हम ले नहीं हो। है हम वो क्या बताए आज कल इतने तेजस्वी लोग हो रहे आ, पैसे ले लो तो बैंक में कैशियर ने कहा पैसे नहीं है। तो पे आदमी ने कहा और दो तो मोदी पैसे। सारे लेके विदेश गए। फिर कहा। साले पैसे में नहीं तेरे में नहीं। comedy, <laughs> <laughs> लेकिन अंकल आज इतने गुस्से में कांग्रेस आंटी में थोड़े छह पाँच हो गए तो इसने आंटी को एक थप्पड़ जड़ दिए फिर आंधी उस थप्पड़ का बदला कुछ इस तरह से ली जैसे इसने कुर्सी के तस्वीर रखने वाला था डेढ़ घंटे से सबे तवे पर कंटिन्यूस की पीसवारे में घुसेड़ दिया फिर तो तुम समझ सकते हो इस शहर में आदमी दुकान में क्या चलाया होगा प्राणदली नेरी फिर मिर्ची तुम दोनों को काट <laughs> so, रुको जरा सबर अंकल मिर्ची हमें कहाँ लग रही है हमें तो बिल्कुल मज़ा। अरे अंकल सारे बुला दीजिए उतर चलिए तो दबा लीजिए अरे अंकल गुस्सा ठीक चीज नहीं होती आप गुस्सा थूक दीजिए इतनी लट लगेगी की तू तरह कंफ्यूज कर जाओगे तेरा है है या दूतर दूतर दूतर? What? What the fuck? सही बात है बेहतर कौन ही जान सकता है well done. होनी चाहिए यार खैर चाचा हम आपको बेटे हर बुरा काम भले कर लेना लेकिन बेरोजगार तो शादी मत कर rena